पहला काम अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ हमें कुरान को अपनी औलाद के सामने किताबे जिंदगी के तौर पे पेश करना ये बड़ी गफलत है हमारी क्या हमने ऊपर से देख के पढ़ लिया नाजरा पढ़ लिया बच्चे ने तो हमने कहा माशा बच्चे ने कुर पढ़ लिया हमने कारी साहब को मिठाई का डिब्बा दिया और काजत कल से आप ना आइएगा माशा बच्चे ने रवानी के साथ पढ़ना सीख लिया और फिर वो दिन गया ये दिन आया कभी रमजान में कुरान खुला तो खुला वरना उससे आगे सबक नाजिल किया गया था इसको ऊपर से देख कर पढ़ना सारी सीख, तो सीख ले और जेरों के हिसाब से पढ़ने के लिए नहीं भेजा गया इसका बुनियादी हक ये था कि इसको जब ऊपर से देखकर पढ़ना सीख लो तो इसके माना इसके मफह इसके तर्जमे के ऊपर गौर करो कि मेरे खालिक ने मेरे नाम क्या पैगाम भेजा है आप अपने बच्चों का ताल्लुक कुरान से जोड़ दीजिए और फिर मुतमिन हो जाइए अगर आपने उसके सीने में ये बात डाल दी कि बेटा ये कोड ऑफ लाइफ है ये जिंदगी गुजारने का असूल है तुमने इसको पढ़ते चले जाना है और फिर अपनी जिंदगी का सफर शुरू रखना है अगर तो उसने हर चीज़ कुरान से लेना शुरू कर दी तो फिर उसकी जिंदगी बदलती चल जाएगी और उसकी ज़िंदगी में नूर और निगहत का माहौल बन जाएगा लेकिन हमारा मसला तो ये है कि हमने खुद भी कुरान पढ़ा तो सिर्फ इतना ही पढ़ा कि ऊपर से देखकर पढ़ने से सवाब मिल जाता पता नहीं कब हम इस बात का फैसला करेंगे ये जिंदगी गुजारने की किताब थी काश कि हम कुरान जीद को पढ़ने का समझने का सीखने का मजाक करेंगे ये जिंदगी गुजारने की किताब थी जिसको हम बुला बैठा ये जिंदगी गुजारने का नसाब था जो हमारे रब ने हमें दिया था आज हमने उसके साथ क्या हाल किया? वो इकबाल अली की बड़ी सादा तन्कीद है। इकबाल मुल्ला मत के तू जाह सूफी और, और काहिल मुला के ऐसे फंदे में फंसा कि तेरा कुरान के आयतों से रिश्ता टूट गया अब तेरा कुरान के साथ सिर्फ ये मकसद और ये गर्ज रह गई है कि जब तेरे बूढ़े की रूह अटक गई तो तू सूर यासिन खोल के बैठ गया कि इससे रूह आसानी से रुख्स होती है इकबाल कहते हैं कि इस बात का इनकार नहीं कि सूर्य यासिन पढ़ने से इंसान की रूह आसानी से कब्ज कर ली जाती है लेकिन इकबाल का मतम नजर यह है कि अफसोस ए मुसलमान कि तूने कुरान से भी सीखा तो सिर्फ मरना ही सीखा काश के जिस कुरान से तूने मरना सीखा था उस कुरान से तूने जीना नहीं सीखा